गरीब घर में तेरा कोई दोष ना मर गया गरीब दोस्त लाग तो कुछ कर दे जा जरा लाग तिली खासा आग लाग रे और मेट दे जो उठा साली खाज है